आप सभी को मेरा प्रणाम हर्बल रेमिडीज एंड नेचर टेजन में आपका स्वागत है मित्रों आज बात करेंगे साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स की बढ़ते हुए लाइफस्टाइल स्ट्रेस के कारण बहुत बढ़ते हुए जा रहे हैं आज हमने सोचा कि आज हम साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स के रेमिडिएशन के लिए उपयोग में आने वाले पौधे की चर्चा करेंगे भांग का ये प्लांट आप देख रहे हैं कैनाबिस स्टाइवा कैनाबिनेशी फैमिली का ये मेम्बर है साइकोसोमैटिक डिसडर्स में बहुत अच्छा ये प्लांट कार्य करता है मानसिक रोगों के लिए बहुत अच्छा ये प्लांट है भारत के अलावा अन्य डेवलप्ड कंट्रीज़ में लिमिटेड अमाउंट में इसका उपयोग ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया गया है लेकिन भारत में अभी नहीं हुआ है आपने देखा होगा कि हमारे देश में सावन के महीने में इस प्लांट के ऊपर बहुत अच्छी फ्लॉवरिंग आ जाती है कुछ लोग इसका मिस करते हैं जिसके कारण शायद भारत सरकार ने इसका ऑफिशियल रिकॉग्निशन नहीं किया है आम आदमियों के दैनिक जीवन में यूज़ करने के लिए मित्रों अगर हम इसको कम मात्रा में सही तरीके से इसका उपयोग करें तो ये हमारे लिए विशेष औषधि हो सकती है हमारे रोगों के निवारण के लिए इसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो केमिकल कंपाउंड पाए जाते हैं उनका सभी का अपना अलग अलग कार्य होता है जैसे मैं कहूँ इसके अंदर एक टैट्राहाइड्रो कैनाबिनोल नाम का कंपाउंड पाया जाता है जो एनाल्जेसिक और एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है यह हमारे शरीर के ब्रेन के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है एनेंडामाइड उसको स्टिमुलेट करता है और हमें अच्छी नींद दिलाने के लिए विशेष सहायक होता है कई बार क्या होता है स्ट्रेस के कारण या सेनाइल इंसोमिनिया हो जाता है सैनाइल इंसोमिनिया का मतलब होता है कि वृद्धावस्था में नींद न आने की जो समस्या होती है ये बहुत कॉमन वृद्धावस्था में होती है तो उस तरह की अगर प्रॉब्लम है तो आप इसके पत्ों की ठंडाई बनाकर सेवन कर सकते हैं इसके अंदर एक घटक और पाया जाता है केनाबीडियोल ये केनाबिडियोल क्या करता है स्ट्रेस या स्ट्रेस से जुड़े हुए लाइफ मैनेजमेंट को अच्छा करता है यह टेंशन से रिलीव करता है नोजिया वोमिटिंग, कुछ इस तरह की समस्या हो गई हो उसको भी दूर करता है और साइजोफ्रीनिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए भी ये विशेष लाभकारी होता है कई बार क्या है कि मिर्गी आने की समस्या भी हो जाती है उसको भी ये प्लांट काफ़ी हद तक रिलीव करता है इसके अंदर एक घटक और पाया जाता है बीटा कैरियोफाइलिन हमारे आँखों के अंदर कई ग्लूकोमा के कारण जो प्रेशर बढ़ जाता है इंट्राओकुलर प्रेशर कहते हैं उसको ये कम करने का कार्य करता है ये सी बी टू रिसेप्टर को एक्टिव करके अपना ये कार्य करता है आप पंचांग बना के सुखा के भी रख सकते हैं अगर इसके धुएँ का आप उपयोग करेंगे तो पाइल्स के पेशेंट के लिए विशेष लाभकारी होता है आप इसका धुमन दीजिए धीरे धीरे पाइल्स की जो स्वलन मसल्स हैं वो बैठ जाती हैं और पाइल्स में विशेष लाभ हो जाता है इसके अलावा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक समस्या होती है ये भी एक लाइफस्टाइल स्टाइल डिसऑर्डर के अंदर आता है आजकल बहुत हैक्टिक लाइफ शिड्यूल हो गया है जिसके कारण इस तरह की समस्याएं आ जाती हैं धतूरा और अफीम के साथ मिलाकर वाजीकरण के लिए इसका उपयोग किया जाता है और इस प्रकार आप देखेंगे कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या भी दूर हो जाती है इसके पत्र जो आप देख रहे हैं इसके पत्र को पीसकर अगर आप बालों में लगाएंगे तो बालों में अगर कोई फंजाई या उसके अंदर कोई लाइसिस हैं तो वो दूर हो जाते हैं जूं की समस्या दूर हो जाती है इसका पेस्ट बनाकर बालों में लगा लीजिए और लगाने के बाद आप लूपम वाटर से वॉश कर दीजिए आप देखेंगे कि जूं की समस्या भी दूर हो जाती है और अगर फंगल इन्फेक्शन के कारण बाल उड़ गए हैं तो वो फिर से आ जाते हैं ये विशेष गुणकारी इसके लीव्स हैं अगर ज़्यादा मात्रा में लिया जाए तो मित्रों आपको ये सावधानी रखनी पड़ेगी कि ज़्यादा मात्रा में लेने से ये मेमोरी लॉस कर सकता है और हमारे हार्ट डिप्रेशन का कार्य करता है कार्डिक डिप्रेशन का ये कार्य करता है तो हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है ज़्यादा मात्रा में आपको नहीं लेना चाहिए और आँखों की लालिमा आँखों की बढ़ सकती है ये कौशन हमें रखना पड़ेगा इसके जो छोटे पत्र होते हैं उनसे तो गांजा तैयार किया जाता है और बड़े पत्रों से भांग तैयार की जाती है क्योंकि जो कोमल पत्र होते हैं उनके अंदर रेजिनस मैटर ज़्यादा पाया जाता है और बाद में उसी रेजिनस मैटर से हस ऑयल भी तैयार किया जाता है डेवलप्ड कंट्रीज़ में रेशनल उपयोग के लिए कम मात्रा में भांग का इस्तेमाल फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा परमिटेड है अभी इंडिया में तो नहीं है और निकट भविष्य में हो सकता है हो जाए क्योंकि एनजाइटी स्ट्रेस मानसिक तनाव के पेशेंट साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स के पेशेंट हमारे देश में भी काफ़ी हद तक बढ़ गए हैं मित्रों अब जानें कि किस प्रकार से आप इसको ले सकते हैं आप इसके पत् की ठंडाई बना कर ले सकते हैं इसको पत्र को लेकर इसमें आप बराबर मात्रा में बादाम मिला लीजिए और उसमें मिस्री मिला लीजिए सौंफ मिला लीजिए और उसको मिला आप फाइन पेस्ट बना लीजिए और उसमें स्वाद के अनुसार और आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप उसमें थोड़ा सा दूध भी मिला लीजिए और इसकी ठंडाई तैयार कर लीजिए विशेष गुणकारी होती है ज्यादा मात्रा में तो अगर आप कुछ भी लेंगे तो वो प्रॉब्लम करेगा ही लेकिन लिमिटेड अमाउंट में लेंगे तो ये औषधि का अच्छा कार्य करेगा और आपके शरीर का आपका मस्तिष्क का जो वीकनेस है उसको दूर करेगा लेकिन यही अगर ज्यादा मात्रा में लेंगे तो मेमोरी लॉस भी कर सकता है ये जो जानकारी है मित्रों साथियों के साथ साझा कीजिए आप सभी को मेरा नाम धन्यवाद नमस्कार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपके लिए जो हम प्रत्येक दिन एक नया प्लांट लाते हैं उसकी विधिवत जानकारी आपको मिलती रहे